नमस्कार तो स्वागत मिथुन राशि के जातकों साल का दूसरा माह फरवरी कैसा आपके लिए जाएगा क्या क्या घटनाएं घटित होंगी इस माह मा को शुभ और प्रभावी बनाने के लिए दिव्यतम से दिव्यतम ऐसे कौन से प्रयोग है जिसको आप करके अभीष्ट फलों की प्राप्ति कर सकते हैं तो अंत तक बने रहिएगा दर्शकों बहुत ही शॉर्ट में हम राशिफल बताने की कोशिश करेंगे क्योंकि आपका भी समय बहुत कीमती है और हमारा भी समय बहुत कीमती है तो दर्शकों आगे बढ़े उससे पहले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 तो व्रत एवं त्योहार के बाद अब पढ़ते हैं राशिफल पर तो मिथुन राशि के जातकों यदि करियर की बात की जाए तो इस महा कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा कायम रहेगा हंस महापुरुष नामक जो योग बना हुआ है ये आपके लिए अब पूरी तरीके से चरितार्थ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है लेकिन बीच बीच में आप लोगों की आलोचना के शिकार भी बन सकते हैं फरवरी के महीने में मिथुन राशि वाले विद्यार्थी ये अपने परिश्रम के बल पर झंडे गाड़ने वाले हैं मिथुन राशि के जातकों का इस माह पारिवारिक जीवन ठीक ही ठाक रहेगा लेकिन परिवार जनों से किसी बात को लेकर के कहासुनी हो सकती है वाद विवाद हो सकता है मतभेद हो सकता है तेरह फरवरी को सूर्यदेव का गोचर जो कुंभ संक्रांति हमने आपको बताई थी आपके भाई बहनों के जीवन में बदलाव लाएगा महीने की शुरुआत प्रेम के मामलों के लिए काफ़ी खुशनुमा रहेगी आपको बताना चाहते हैं मिथुन राशि के जातकों की प्रेम राशिफल 2020 हमारे चैनल पर पड़ा है कैरियर राशिफल 2020 हमारे चैनल पर पड़ा है आर्थिक राशिफल 2020 हमारे चैनल पर पड़ा है और विस्तृत राशिफल 2020 भी हमारे चैनल पर पड़ा है आप लोग जा के देख सकते हैं सारे उपाय उसमें हमने बताए हैं और बहुत दिव्यतम उपाय बताए हैं हमारे चैनल की प्ले में जा के आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया है इसमें भी आप लोग जा के देख सकते हैं तो कोई नया प्रेम संबंध स्थापित हो सकता है प्रेम के मामलों में ये महीना काफी अच्छा रहेगा काम में आप लोग व्यस्त बहुत ज्यादा रहेंगे इस कारण अपने पार्टनर को थोड़ा सा समय कम दे पाएंगे आर्थिक दृष्टिकोण से फरवरी का महीना आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर के आया है यदि आपके स्वास्थ्य को देखें तो इस महाग्रहों की स्थिति आपकी सेहत के लिहाज से अधिक अनुकूल नहीं कही जा सकती है मानसिक व्यथा एवं शारीरिक पीड़ा समाप्त होगी आपका स्वास्थ्य जो है ये उत्तम रहेगा उत्तम स्वास्थ्य लाभ मिलेगा आर्थिक उन्नति का योग बनेगा मंत्र का जो उत्तरार्ध रहेगा ये आपके लिए जो है अच्छा रहेगा विरोध एवं विरोधी आपके जो है समाप्त होंगे जिनसे भी आपकी शत्रुता थी जो आपकी चुंगली करते थे जो आपके पीछे आपके लिए जो है अहितकर सोचते थे वो आपके सामने नतमस्तक होंगे आ, मिथुन राशि के जातकों को स्त्रियों के माध्यम से कुछ लाभ होता हुआ इस माह दिखाई पड़ रहा है जीवन साथी के साथ स्वास्थ्य में कुछ गिरावट आती हुई दिखाई पड़ रही है आपके पार्टनर को नेत तथा उदर रोगों से कोई पीड़ा हो सकती है गुरु तथा शनि के विपरीत गोचर से आर्थिक स्थिति आपके लिए थोड़ा सा आप ठीक रहेगी जो लोग सट्टे में और शेयर में निवेश करना चाहते हैं तो अच्छे से पहले एक बार चेक कर लीजिएगा तभी निवेश करिएगा नहीं तो कुछ हानि आपको हो सकती है व्यवसाय तथा प्रेम संबंधों के लिए समय आपके लिए प्रतिकूल रहेगा परीक्षा में सफलता में कुछ संशय आपको रहेगी पदोन्नति में व्यवधान उत्पन्न होगा राजकीय अथवा प्रशासनिक कारणों से भय रहेगा प्रताड़ना तथा दंड का भी योग बन रहा तो कोई ऐसा कार्य मत करिएगा जिससे आपके उच्च अधिकारी आपको सस्पेंड कर दें या सो कॉल नोटिस दे दें या आपका ट्रांसफर कहीं कर दे इसमें आप प्रियजनों से थोड़ा सा अलग रहना आपको सताना नहीं है और कोई ऐसा काम मत करिएगा कि शनिदेव की कुदृष्टि आपके ऊपर पड़े तो मिथुन राशि के जात को उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा देखिए बहुत छोटा हमने राशिफल बनाया और सभी कुछ को इसमें हमने समेटा अगर आपको विस्तृत राशिफल देखना है तो आप लोग 2020 हजार बीस जा करके देख सकते हैं सबसे पहले दशरथ के शनि का पाठ आपको प्रतिदिन करना रहेगा पीपल के वृक्ष में जल आपको प्रतिदिन देना रहेगा लेकिन उसमें थोड़ा सा आप लोग काला तिल जरूर मिला लीजिएगा इसके बाद भैरव बाबा की आपको उपासना करनी रहेगी और कोशिश कीजिएगा कि शनिवार वाले दिन मीठा चावल गाय कुत्ते और कौवे को आप लोग जरूर दें किसी से भी कोई वस्तु मुफ्त में मत लीजिएगा जी हाँ अगर आप सरकारी क्षेत्र में भी हैं कोई अगर आपको गिफ्ट ला देता है तो उसके जो है मतलब गिफ्ट के बदले आप लोग जो है कुछ उसको धन दे दीजिएगा या आप कुछ गिफ्ट उसको खुद कर सकते हैं साथ ही साथ महीने के कि दो शनिवार को आपको जो है सरसों के तेल में अपनी छाया देख करके और किसी गरीब को आपको दान करना रहेगा तो ये आप लोग उपाय करिए एक अंतिम उपाय हम आप लोगों को बता रहे हैं और ये आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा इस माह में जो अमावस्या पड़ेगी अमावस्या आप लोगों को पता होगा तिथि आप लोग गूगल पर भी सर्च कर लीजिएगा और पंचांग देख लीजिएगा अमावस्या के दिन आप लोगों को गाय को हरा चारा खिलाना रहेगा और उसमें काला नमक डाल दीजिएगा एक उपाय आप लोग करिए फिर देखिए कितना अच्छा आपके लिए रहेगा अब इस माह के लिए जो शुभ दिवस रहेंगे ये कौन कौन से हैं तो पाँच तारीख नौ तारीख बारह तारीख सत्रह तारीख अः पंद्रह तारीख देखिए भूल गए थे पंद्रह तारीख भी है इसके बाद जो है बाईस तारीख है सत्ताईस तारीख आपके लिए सर्वदा शुभ रहेंगे वही प्रतिकूल दिवस की बात करें तो तीन तारीख सात तारीख ग्यारह तारीख तेरह तारीख अठारह तारीख बीस तारीख तेईस तारीख पच्चीस तारीख और अट्ठाईस तारीख इतने सारे दिन प्रतिकूल रहेंगे थोड़ा सा संभालिएगा आप लोग भाग्यशाली कलर की बात करें तो आपके लिए इसमें हरा और पीला रंग शुभ रहेगा भाग्यशाली अंक की बात करें तो तीन और छ अंक ये सर्वथा शुभ रहेंगे मिथुन राशि के जात को देखिए दर्शकों एक बात और अब आपको बताना चाहेंगे ये जो राशिफल है करोड़ों लोगों के लिए है मिथुन राशि करोड़ों लोगों की होगी आपके वास्तविक जीवन में क्या चल रहा है आप लोग अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा करके और अपनी कुंडली के हिसाब से आप लोग उपाय ले सकते हैं ये तो उपाय सबके लिए ही यूनिवर्सल है आपके लिए खास क्या रहेगा तो आप लोग अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाइए और इसके लिए उपाय लीजिए कैसा लगा हमारा ये प्रोग्राम कमेंट के माध्यम से बताइएगा बहुत ही संक्षेप में हमने बताया बहुत ज़्यादा हमने आपका समय नहीं लिया है क्योंकि यहाँ पर आपके समय की वैल्यू है आपके समय की कदर है दर्शकों उम्मीद है कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा बगल में बना आइकन दबाया होगा और दर्शकों यदि आप किसी भी रुद्राक्ष के बारे में जो है जानना चाहते हैं खरीदना चाहते हैं तो आप एक बार हमारे कार्यालय में भी संपर्क करके इसको क्रय कर सकते हैं कुरियर के माध्यम से आप तक की पहुंचा दिया जाएगा तो कैसा लगा हमारा ये प्रोग्राम कमेंट के माध्यम से बताइएगा दीजिए इजाजत मिलती है अपने नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार